भू सत शेखर पूष दंत साधर हर अहिबुर्धन स्थान दिगम्बर पास विमोचन हर्षिव शकर हर्षिकर जय शिव शय शिव शंकर जय तीरथ में तू तू मूरत में तू तीर्थ में तू एकांत में तू निवास में तू मंदिर में तू मस्जिद में तू गिरजाघर तू कैलाश में तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू है शिव शिव शिव शिव शिव ही ही शिव ही है शिव है शिव है तू है जप में तू है तप में तो है तप में तू है तप में तू पूजा में तू नमाज में तू सत्संग में तू अदान में शिव ही है ही है ही है तू है पिंड में तू है प्राण में तू है पिंड में तू है प्राण में काश में तू डांड में तू है भरकुट भमर गुफा में तू ही सांसों की सांस में में में में में तू तू तू तू तू तू ही ही ही ही ही ही है है है है है है शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव सा